ये ये आईना आईना आज आज क्यों क्यों रो रो रहा है? रो रहा है? है? रिश्ते नाते ये सारे तुमसे तोड़ रहा है मायूस होकर तुमसे ही कि मायूस होकर तुमसे ही वो आज अपना मुंह यहाँ से मोड़ रहा है कोई रोको कोई रोको और पूछो उससे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है उसे यहाँ कौन सता रहा है तो वो तो कहता कि मेरे सामने रोज यहाँ आकर कोई रो रहा है और अपना दिल हाल कोई गजलों में बता रहा है तकलीफ तकलीफ मुझे इस बात की नहीं है कि वो बोलता है पर, पर वो हर रोज मुझे रुला के यहाँ से चला जाता है